एक चुम्मा तू मुझको उधार दे ही दे और बदले में और बदले में नौका भी हार ले ही ले भगतो कहाना तो दादा खा नौका भी हारवा <laughs>